नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फेर क्लाउड में तो दोस्तों केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा पर 5.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी वहीं वित्त वर्ष 2021 और 22 20 में रक्षा के लिए सरकार ने चार लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कल वित्त वर्ष दो और दो का आम बजट यानी की बजट दो पेश किया और इस दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं भी की और उन्होंने डिफेंस सेक्टर में आयात घटाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है और वित्त मंत्री ने कहा है कि डिफेंस सेक्टर में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप कंपनियां और एकेडमिक जगत की भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ाई जाएगी दरअसल दोस्तों चीन की हरकते और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रक्षा बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है और इस साल केंद्र ने रक्षा मंत्रालय के लिए पाँच लाख करोड़ रूपए का बजट रखा है और ये कुल बजट का 13.31% है इसमें पेंशन के लिए एक लाख करोड़ रुपए की रकम भी शामिल है लेकिन बड़ी घोषणा ये है कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च की जाने वाली 25% रकम स्टार्टअप निजी उद्योगों और अकादमियों को भी दी जाएगी और मकसद ये है कि देश के लिए जरूरी रक्षा उपकरण का विकास और निर्माण देश में ही हो और मौजूदा वित्त वर्ष में कुल रक्षा बजट चार लाख करोड़ रूपए है जिसमे करीब पॉइंट सोलह लाख करोड़ रुपए पेंशन के लिए जाते हैं जबकि आधुनिकीकरण के लिए एक पॉइंट छत्तीस लाख करोड़ रुपए हैं। और मंगलवार को जो रक्षा बजट पेश किया गया उसमें कुल राशि पांच पॉइंट पच्चीस लाख करोड़ रुपए है और इसमें से एक पॉइंट बावन लाख करोड़ रुपए की रकम आधुनिकीकरण के लिए रखी गई है और इस एक लाख करोड़ रूपए की रकम ऐसी सेना के लिए हथियार और उपकरण खरीदे जाएंगे और इसमें से भी अड़सठ रकम घरेलू खरीद पर खर्च होगी यानि की स्वदेशी कंपनियों से ही हथियार खरीदे जाएंगे ताकि आत्मनिर्भर भारत को जोर मिल सके और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भी बजट में 55 फीसदी ऐसी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है और इंडियन कोस्ट गार्ड बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट के लिए आठ करोड़ रुपए का बजट रखा गया है वही वित्त वर्ष दो और दो में पाँच करोड़ रूपए का बजट था वही केंद्र सरकार ने हथियारों की खरीद के लिए सबसे ज्यादा रकम वायुसेना को दी है और वायु सेना को नए हथियार और उपकरण की खरीद के लिए पचपन पैंसठ करोड़ रूपए दिए जाएंगे और नौसेना को सैतालीस हजार करोड़ रूपए और सेना को बत्तीस छब्बीस करोड़ रूपए दिए जाएंगे और इस रकम में तीनों सेनाएं अपने लिए हथियार फाइटर जेट और सबमरीन हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरण खरीदेंगी और इसके अलावा तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का बजट साठ परसेंट ज्यादा बढ़ाकर हजार करोड़ रूपए किया गया है और इस रकम से जहाजों और विमानों की खरीद की जाएगी साथ ही बुनियादी ढांचा भी बढ़ाया जाएगा और इतना ही नहीं सीमावर्ती इलाकों में पुल और सड़क बनाने के लिए बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ का बजट भी 40 परसेंट बढ़ाया गया है और इस बार बीआरओ आरो को तीन करोड़ रूपए दिए जाएंगे पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत लगातार पुल और सड़क का निर्माण कर रहा है अब आप लोगों का क्या कहना है भारत के अच्छा बजट पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक से सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं सभी वीडियोज आप तक पहुंचे धन्यवाद